आइए फ्री फायर का एक ऐसा कैरेक्टर जिसको फ्री फायर खेलने वाले 99% बंदे यूज़ करते हैं और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप भी फ्री फायर के इस कैरेक्टर का यूज़ करते हो ये सुनते ही आप में से कुछ बंदे बोलोगे कि ये ज़रूर मैक्सिम कैरेक्टर है अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो तो ये कौन सा कैरेक्टर है जानने से पहले एक मेरे सब्सक्राइबर का चैनल तो नहीं भी सपोर्ट करना और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके चैनल का प्रमोशन कर सकूँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को देख लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने चैनल के नेम के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और हम और पांच बंदों का चैनल कम्युनिटी पोस्ट में प्रमोट करते हैं तो कमेंट करना मत भूलना तो गायस मैं बात कर रहा हूँ कैली करेक्टर भी